नमस्कार दोस्तों आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका पे एक बार पुनः स्वागत है आज हम आलोकन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए करंट जीके के नाम से एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं और ये सेशन रोज अब आपको करंट जीके के बारे में जो भी अपडेट्स हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या इस्टेट के लेवल पर वो सारे के सारे जो अपडेट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अहमियत वाले हैं महत्वपूर्ण हैं उनको हम रोज़ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने में हम आपको इसमें एक बात बताना चाहते हैं और वो बात ये है कि ये जो नया जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में हम तीन तरह से जो है करंट जीके को जो लेकर के आएंगे उसमें पहला है पहले जो है हम उसको वन लाइनर के रूप में लाएंगे वन लाइनर के रूप में लेकर के आएंगे दूसरी जो है उसके हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेकर के आएंगे और तीसरा जो है समरी के रूप में लाएंगे ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो कहीं पे भी छूटे नहीं आज हम आपके साथ पहली बार रूबरू हो रहे हैं पहली बार पहली बार आपके साथ हम संवाद कर रहे हैं आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर तो आज के इस व्याख्यान में हमने 19 और 20 अप्रैल चूँकि आज 21 अप्रैल है तो उन्नीस और बीस अप्रैल के जो अपडेट्स हैं जो कि सारी जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे चाहे आईएएस के एग्ज़ाम हो आर की हो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हो या रीट हो पटवार हो जो भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण सेशन होगा आप देखेंगे कि इसमें हम आपके सामने जो चीज़ें लेकर के आ रहे हैं उसमें हमने नेशनल लेवल से कुछ जो खबरें जो महत्वपूर्ण जो रूप से जो देखी और सुनी जा रही है वो अब आपके सामने लेकर के आए आए हैं इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले इस करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है इसमें आप वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक पंक्ति के उत्तर वाले क्वेश्चंस के रूप में भी देखते हैं और इसमें हमने कई जो टाइप्स है क्वेश्चंस की जो टाइप्स हैं चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रेले, हो और आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो कोरोना का जो दौर चल रहा है उससे जुड़ी हुई खबरें भी उससे जुड़े हुए मुख्य जो घटनाएँ हैं या समाचार है या जो करेंट अफेयर्स के जो इशूज़ हैं वो भी हम आपके सामने ले के आए हैं इसमें जो सबसे पहला जो वन लाइनर का जो पॉइंट है उसमें आपने अखबारों में पढ़ा होगा सुना होगा देखा होगा कि आजकल कल ACI, जो कुश्ती की जो चैम्पियनशिप है वो चल रही है कजाकिस्तान में और कजाकिस्तान में जो चल रही है उसमें भारत के कई जो पहलवान हैं वो रेसलर्स हैं उन्होंने अपने पदक जीते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो पहला जो उससे जुड़ा हुआ जो पहलू है ये जो एशियाई चैम्पियनशिप दो हज़ार इक्कीस है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये 2021 की चैम्पियनशिप की बात कर रहे हैं इसमें भारतीय जो पहलवान हैं उसमें उनसठ किलो भार में स्वर्ण पदक जीता है और उनका नाम है सरिता मोर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें ये आपको बहुत बहुत आने की और उसकी संभावनाएं हैं और ये एक तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप तीन तरीके से देख सकते हैं कि पहली बात तो स्वर्ण पदक है नंबर वन दूसरा सरिता ने जीता है तीसरा जो है वो इक्कीस की इंटरनेशनल इन, इन, सॉरी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है और चौथा जो है ये कहाँ पे हो रही है ये कजाकिस्तान में हो रही है तो ये जो एक ही लाइन से चार सवाल जुड़े हुए हैं जो कि किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा में आ सकते हैं और आने की संभावना है दूसरा इसी से जुड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये आपको हमने पहले बताया कि इसका आयोजन कौन कर रहा है इसका आयोजन जो है वो कजाकिस्तान कर रहा है कजाकिस्तान कर रहा है और इसमें जो है इक्कीस जो 2021 की जो एशिया एशियाई चैंपियनशिप है रेस्लिंग की वो आयोजित हो रही है और ये जो है कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में आयोजित हो रही है ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है इसी से जुड़ा एक और अन्य जो सवाल है जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है उसमें आप देखेंगे तो इसमें एक दो कंपनियां हैं दो कंपनियों ने आपस में ओवरटेक किया है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा है और ये आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ सवाल है जिसमें फ्लिपकार्ट कंपनी जो है इसने क्लियर स्ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण किया है और ये दोनों ही जो कंपनी है ये इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज हैं उनको इन्होंने आप मर्ज किया है इससे <coughs> जो हमने आपसे बात की थी कि कोरोना से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है जिससे पूरा देश कोरोना से प्रताड़ित है उसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अभी जो नए जो अस्पताल बनेंगे जो पाइपलाइन में हैं बनने वाले हैं उसमें सभी में जो है ऑक्सीजन के संयंत्र सरियन, जो है वो अस्पतालों में ही लगेंगे अभी तक जो तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के संयंत्र जो है वो निमराना में लगे हुए हैं और निमराना से जो यूनिट है वो जो गुजरात और दिल्ली और राजस्थान में सप्लाई होती है आपको शायद पता हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो निमराना से गुजरात जाते हैं राजस्थान को उसमें बहुत कम हिस्सा मिल रहा है ऐसे ही उसका एक अधिकांश हिस्सा है वो दिल्ली में जा रहा है तो ये तीन सवाल ती, तीन वन लाइनर क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किए पहले में जो है हमने एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप की बात की जो कि कजाकिस्तान में अल्माटी में हो रही है जिसमें हमारी जो उनसठ किलो ग्राम भार में जो है में पदक जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक, पदक जो है सरिता मोर ने जीता है ये एशियाई चैंपियनशिप जो है दो इसकी जो मेज़बानी है वो कजाकिस्तान कर रहा है और एक दूसरा जो प्रश्न है उसमें कंपनी ने क्लियर स्ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण किया है और तीसरी जो है वो कोरोना से जुड़ी हुई जो बात है उसमें जो है सरकार ने ये तय किया है कि अब जो नए जो अस्पताल बनेंगे उन 100 अस्पतालों में वो सब में जो है ऑक्सीजन के संयंत्र बनेंगे इत, दूसरी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो कि जीके और करंट जीके के के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है उसमें एक नियुक्ति से संबंधित बात है ये जो नियुक्ति है ये नियुक्ति सिडबी जो है सिडबी जो है लघु उद्योग विकास बैंक है और इसके जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं इसमें जो है शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आने वाली परीक्षाओं में इसकी किसी भी रूप में आ सकता है एक और जो वनलाइनर जो बात हम कहना चाहते हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोरोना के संक्रमण के कारण भारत के दौरे को रद्द कर दिया है ये भी सवाल आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के दौरे को कोरोना की वजह से जो है रद्द किया है एक और जो आज का आज के दिन से जुड़ा हुआ जो सवाल है जो कि बन सकता है उसमें आप जानते हैं कि आज इक्कीस अप्रैल है और आज का जो दिन है इसको आप लो राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है और इस के तहत जो है उन्होंने जो कोरोना की जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जो लोगों के जो उसकी जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने डेली यूजेज के उसके उसमें लागू किया है ऐसा ये अब हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं के भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी के एशियाई जो कुश्ती जो चैंपियनशिप है उसमें महिला वर्ग में कितने पदक जीते हैं तो ये हम सात पदक इन्होंने जीते हैं सात पदक किस, -किस ने जीते हैं इसको हम आपको अगले वाली स्लाइड में डिटेल से बताएंगे आपने देखा जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो कजाकिस्तान में एशियन चैम्पियनशिप चल रही है रेसलिंग की उसमें जो है एक अच्छी खबर जो है हमको सुनने को मिली कि उसमें विनेश फोगट और अंशु मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाटी चैम्पियनशिप में त्रेपन किलो बराम में स्वर्ण पदक जीते हैं तो दो दो स्वर्ण पदक जीते हैं एक अंशु मलिक ने जीता है और एक जो है विनेश वी, फोगट ने जीता है एक और इसी चैम्पियनशिप से जुड़ा हुआ सवाल है इसमें महिला वर्ग में चार स्वर्ण पदक एक रजत और दो कांस्य पदक कुल सहित कुल सात पदक जीते हैं तो ये भी सवाल है ये मैचिंग के सवाल में आपके सामने आ सकता है या इंडिविजुअल यूनिट के रूप में भी सवाल आ सकता है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि चार स्वर्ण पदक है एक रजत है और दो जो है वो कांस्य पदक है कुल मिलाकर के सात हैं और इसमें जो जीतने वाले हैं उसमें दिल्ली दिव्या करान है, है जिन्होंने बहत्तर किलो भार में जीता है विनेश फोगट है उन्होंने त्रेपन किलो ग्राम में जीता है अंशु मलिक है उन्होंने सत्तावन किलोग्राम में जीता है और सरिता मोर जैसे अभी पहले भी कहा था उसमें वो उन्होंने उनसठ किलो भार में स्वर्ण पदक हासिल किया है ये जो चार स्वर्ण पदक हैं वो चार स्वर्ण पदों जीतने वालों के नाम ऐसे ही एक और सवाल जो है वो सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली वो पहली दो भारतीय बन गई है और साक्षी मलिक ने पैंसठ किलो भार में रजत और सीमा ने 50 किलो भार और पूजा ने छिहत्तर किलो भार में कांस्य जीता है ये जो है ये एशियाई जो चैंपियनशिप दो जो कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो सवाल है वो आपके सामने हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल आप सब जानते हैं कि इसमें सब लोगों की दिलचस्पी रही है आप सब जानते हैं कि जे इस देश में कुछ भगोड़े ऐसे हैं जो हमारे बैंकों का को चूना लगा करके बैंकों से पैसा खा करके और विदेश में भाग गए हैं उनको भारत वापस लाने के लिए सरकार के जो कदम है वो पहले से ही चल रहे हैं उसमें एक सफलता ये मिली है कि ब्रिटेन के जो गृह मंत्रालय है ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने जो डायमंड के जो कारोबारी है जो हीरे जवाहरात के जो कारोबारी है नीरव मोदी उनके प्रत्यर्पण को भारत को सौंपने की उन्होंने वहाँ के जो कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी है उसके बाद उनकी संसद ने भी उसकी मंजूरी दे दी एक, एक और सवाल जो है वो उड़ीसा की जो नदी है धामरा नदी धामरा नदी में 110 करोड़ के रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी और इस रोपेक्स जेटी, जेटी परियोजना में जो है वहां पे जो है उसका एक बांध बनाया जाएगा इसमें एक और सवाल जो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन को प्रथम स्थान मिला है ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस तरह के जो सवाल है वो आर्थिक आ, व्यवस्था से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसमें इस तरह के सवाल आते हैं दूसरा हमने जो इसको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के मामले में भी कुछ सवालों को शामिल किया है इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना के लिए एक प्रेशर स्विमिंग एबोर्सन ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की मंजूरी दी गई है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सौ अस्पताल बनेंगे उसमें वो संयंत्र ऑक्सीजन की उसके जो यूनिट के बनेंगे इसमें तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चला रहा है इसमें रेलवे भी इसमें सहयोग कर रहा है इस परियोजना में और वो जो है उन सिलेंडरों की जो है डिलीवरी के लिए उसकी सप्लाई के लिए एक विशेष प्रबंध करने को करने जा रहा है आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ पिछले दो दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और, और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो एक भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट है, इन्होंने 18% का 4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो कि 2020 के दौरान सोने का आयात जो है अट्ठावन प्रतिशत बढ़कर के 34.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है भारत में जो है सोने का आयात आप सब जानते हैं कि भारत में जिस तरह का जो सोने की जो खपत है अगर आप उसको हमारे हिंदी साहित्य के उसमें आप देखेंगे तो प्रेमचंद के एक उपन्यास में एक बात कही गई है कि भारत सोने की चिड़िया तो आज भी है पर सोने की चिड़िया के जो पंख हैं वो बिखर गए हैं तो हमारे घरों में जो सोना जो दबा पड़ा है मंदिरों में दबा पड़ा है वो सारा उसको ध्यान में रखते सरकार ने जो है वो इसको चौंतीस बिलियन अमरीकी डॉलर के जो सोने का जो है आयात करने का निर्णय लिया है फिर हमने जब आपसे बात की थी आरंभ में कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी कुछ समाचारों को खबरों को आपके सामने लाएंगे इसमें अमेरिका और चीन के बीच में जो है जलवायु संकट के सहयोग के रूप में सह, सहमति बनी है दूसरा एक जो सवाल है वो आईईए ई ए के महानिदेशक राफाल ग्रासी ने पुष्टि की है कि ईरान ने न्यूट्रॉन पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र में साठ यूरेनियम उत्पादन शुरू कर दिया है आप आप जानते हैं कि अमेरिका ने पहले ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे कि वहाँ पे जो जो भी न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स थे उन सब को बंद कर दिया गया था तो अभी ईरान ने अब उसकी पुष्टि की है कि उन्होंने जो है यूरेनियम के उत्पादन यूरेनियम जो होता है एक परमाणु परमाणु उसका एक वो होता है उसमें जो है साठ तक काम शुरू कर दिया है यूनिट ऐसे एक एक और सवाल जो है उसमें एडोप के सहसंपादक और पी डी डेवलपर के चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया है आप जानते हैं कि हम जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारी कंप्यूटर पर कई सारी फाइलें होती हैं जो हम वर्ड में टाइप करते हैं और वो फाइल वैसी की वैसी रहे उसकी सेटिंग्स में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम पी में कन्वर्ट कर देते हैं और वो पी वर्ड से पी बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका आज डे, उनकी डेथ हो गई है और उनका जो नाम है वो चार्ल्स गेस के था जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये क्विज़ है। इसमें हमने निर्णय किया था कि इसमें हम प्रश्नों को भी शामिल करेंगे तो हमने पहले जो प्रश्न के रूप में जो है वो शामिल किया है वो है विश्व धरोवर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है आपने देखा होगा कक्षा अक्सर ये जो है दो दो दिन से लगभग सुर्खियों में चल रहा था और सारे जितने भी जो कोचिंग्स के जो लोग हैं जो कि लाइव करते हैं उन्होंने लगभग इसी सवाल को तवज्जो दी है और इसी सवाल को प्राथमिकता देते हुए लगभग लगभग पहले स्थान पर रखा है तो हमने भी इसको उसी वेटेज के साथ उसी प्राथमिकता के साथ पहले स्थान पर रखा है क्योंकि राजस्थान की परीक्षाओं के संदर्भ में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान विश्व धरोहर का एक बहुत बहुत अच्छा केंद्र है और इस तरह के जो सवाल है वो राजस्थान में आरपीएससी या जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उससे आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के सवाल को शामिल किया जा सकता है इसमें दो चार ऑप्शन हैं एक है बीस जनवरी दूसरा है पंद्रह मार्च तीसरा है दस मई और चौथा है अठारह मार्च और इसका जो सही उत्तर है वो है अठारह मार्च अठारह मार्च विश्व धरोहर दिवस के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है सॉरी 18 अप्रैल 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है इस बार जो वर्ल्ड हेरिटेज की डे 2021 की जो थीम है ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कॉम्प्लेक्स पास डाइवर्स फ्यूचर के नाम से जो इसका जो थीम का नाम रखा गया है और विश्व धरोहर दिवस मनाने का महत्व इसलिए भी है अहम हो जाता है कि इसका मकसद सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना है और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है इसलिए जो 18 अप्रैल का जो दिन है वो 18 अप्रैल का जो दिन है वो विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आप आपने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा कि इसमें जो है चार सवाल जुड़े हुए हैं एक तो ये है इसकी दिनांक से रिलेटेड है कि किस दिन होता है तो आपका सवाल का जवाब है अट्ठारह अप्रैल को होता है इसका जो है थीम क्या है तो इसकी जो थीम है वो कॉम्प्लेक्स पा डाइवर्सिज फ्यूचर्स हैं और ये क्यों ये जो विश्व धरोहर दिवस है इसका जो रोल है इसकी जो भूमिका है वो क्यों मनाया जाता है वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो विरासतें हैं उसका संरक्षण के लिए उनके के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो है विश्व धरोहर दिवस जो है मनाया जाता है ताकि हमारी जो पुरानी जो धरोहर है हमारी जो पुरखोती है वो संरक्षित रहे और उसके प्रति हमारा लगाव यथावत बना रहे दूसरा जो सवाल है इस सवाल में हमने एसीआई कुश्ती चैम्पियनशिप से जुड़ी जुड़ा हुआ सवाल लिया है वैसे तो इस पर हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं फिर भी एक जो सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिसमें तिरपन किलो में जो है वो किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है तो इसमें जो है इसका आंसर जो है विनेश फोगट गीता फोगट साक्षी मलिक और ऋतु फोगट इन चारों में से जो है सही जवाब जो है वो विनेश फोगट है विनेश के बारे में हम आपको कुछ और चीजें बताना चाहते हैं जैसे ये एशियाई चैंपियनशिप में त्रेपन किलो में भार में तो पहला इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इन्होंने त्रेपन किलो भार में ये ये जीता है और फिर पदक की जो है वो कैटेगरी कौन सी है तो इसमें इन्होंने दूसरी जो है वो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है तीसरा जो है ये इन्होंने किन के खिलाफ बड़ा हासिल करके जीता है ये सवाल भी अक्सर आईएएस एस एग्जाम्स में इस डीपली लेवल पे जाकर के पूछे जाते हैं कि इन्होंने ताइपे चीन, चीनी ताइपे की जो वेंग हों सिंग है उसके खिलाफ छह जीरो की बढ़त हासिल करके जीता है। ये जो सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस तरह की जो गहन जो चीज़ें हैं जैसे ये जो चीज़ें हैं ये छोटे एग्जाम्स में आते हैं जैसे आपके पटवार में है ऐसाई में है वनपाल में है या दूसरी जो एसएससी एस के एग्ज़ाम्स हैं पर यूपीएससी और आरएस की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें उसमें गहराई से जा करके और नीचे उतरा जाता है जैसे किसके खिलाफ़ है ये इनके खिलाफ है कितनी बढ़त थी जी, छः जीरो की तो आपको वहाँ दे देंगे पाँच जीरो की थी छः जीरो की थी पाँच एक की थी चार तीन की थी इस तरह के जो है वो आपको पूरी तरह से उसमें उसके आपको नॉलेज को टेस्ट करने के लिए काफ़ी गहराई तक जाते हैं और इस प्रतियोगिता में जो है ये जो है विनेस की जो है वो दूसरी जीत है विनेस फोगट ने जो है हरियाणा के भिवानी ज़िले की रहने वाली है ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि इनसे जुड़ा हुआ अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है अगला जो सवाल जो हमने इसमें शामिल किया है उसमें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में से निम्न में से किस देश को इस, स्थान प्राप्त है इसमें हमने रखा है चीन नेपाल स्वीडन भारत और इसका सही जवाब जो है वो स्वीडन है स्वीडन को हमने इसका वो डिटेल हमने आपके सामने रखी है ताकि इससे जुड़े हुए दूसरे सवाल भी इसमें आ सकें ये फेसबुक पर समावेशी इंटरनेट सूचकांक से संबंधित है और इसमें एक देशों को शामिल किया गया है ये देश जो है छियानवे प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या और अट्ठानवे प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं ये देखिए ये ये जो सिविल सर्विस के जो है ये सवाल हो सकते हैं ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि इसको ये जो लाइन जो मैंने रेड किया है इसमें यूपीएससी के लेवल के जो सवाल है उसमें इसी तरह से आपको डीप नॉलेज को जो है आपको देखा जाता है और इसमें जो इसी से जुड़ा हुआ भारत के साथ साथ इसमें थाईलैंड भी उनचासवें स्थान पर है और इसकी रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है इसके बाद दूसरे नंबर स्थान पर अमरीका तीसरे पर स्पेन रहा है तो आप अगर इसका एक सवाल को अगर देखेंगे तो इसकी पहली रैंकिंग जो है स्वीडन है दूसरी इसकी जो रैंकिंग है वो अमेरिका है और तीसरी इसका जो नंबर है वो स्पेन है और ये जो है रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता सामर्थ्य और प्रा, प्रासंगिकता के आधार पर इसकी रैंकिंग तय की गई है तो आपको ये भी एक सवाल बनता है कि ये जो रैंकिंग है इंटरनेट फेस समावेश इंटरनेट सूचकांक की जो रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है तो इसमें आप लिखेंगे पहले इसमें इंटरनेट की उपलब्धता दूसरा उसमें जो है कि उसकी कैपेसिटी सामर्थ्य उसकी प्रासंगिकता उसका रेलेवेंस और उसकी तत्परता उसकी एक इन चार आधारों को के आधार पर यह जो है ये सूचकांक जो है इसमें स्वीडन को पहला स्थान दिया गया नेक्स्ट जो चौथा सवाल हमने इससे जुड़ा हुआ आपके लिए रखा है उसमें आप देखेंगे तो इसमें विश्व में जो है होमीफिलिया दिवस के बारे में ये सवाल है जो हमने कहा था कि हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल भी कुछ इसमें रखेंगे और इसमें यह है कि विश्व होमीफिलिया वर्ल्ड होमोफिलिया डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है पहला ऑप्शन है बारह जुलाई दूसरा ऑप्शन है सत्रह अप्रैल तीसरा ऑप्शन है पंद्रह मार्च और चौथा ऑप्शन है बीस जनवरी इसमें से जो सही उत्तर है वो है सत्रह अप्रैल बी इसमें हमने इसे जुड़े हुए जो और दूसरे सवाल जो बन सकते हैं उसके आधार पर हमने इसको विश्लेषित करने की कोशिश की है कि विश्वभर में हर साल सत्रह अप्रैल को विश्व होमोफोफिलिया दिवस मनाया जाता है तो इसको जो है कब मनाया जाता है सत्रह अप्रैल को मनाया जाता है दूसरा इसमें होमोफीलिया रोग और रक्त के बहने से संबंधित है तो ये आपके साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल भी बन सकता है कि इसमें ये किससे होमोफीलिया कैसे होता है तो ये रक्त के बहने और इससे जुड़ी हुई बीमारियों से के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने से है और होमोफीलिया रक्त से जुड़ी हुई खतरनाक और जानलेवा बीमारी है विश्व में होमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया द्वारा 89 में की गई और 17 अप्रैल को की गई थी इसी दिवस के रूप में इसको जो है वर्ल्ड फेडरेशन होमोफिलिया डब्लू एफ एच जो है उसके संस्थापक फ्रैंक श्रावेल के जन्मदिन के सम्मान में इसको मनाने के लिए चुना गया तो इससे जुड़े हुए आपको तीन चार सवाल बनते हैं एक सत्रह अप्रैल को मनाया जाता है दूसरा जो है इसमें ये रक्त को बहने के संबंधित और अन्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने से संबंधित है इससे जो होमोफीलिया क्या है ये रक्त विकार से जुड़ी हुई एक जानलेवा बीमारी है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसकी शुरुआत फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया हुई कब हुई 89 में हुई किस दिन हुई 17 अप्रैल को हुई और ये जो होमोफीलिया वर्ड जो के संस्थापक कौन है फ्रेंक स्रावेल है और इनके जन्मदिन के रूप में इनको बनाया जाता इस तरह से एक ही सवाल में आपको आप अगर देखेंगे तो आठ से दस सवाल बनते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बन सकता है नेक्स्ट जो पांचवा जो क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं उसमें आप देखेंगे तो इसमें भारत वही खेल से जुड़ा हुआ है कि इसमें हम भारत ने कितने कजाकिस्तान में उसमें कितने पदक जीते तो ये जो एशियाई चैंपियनशिप ने हमने आपको बता दिया सात पदक जीते हैं जिसके बारे में ऊपर हम पहले डिटेल बता चुके हैं कि ये अल्माटी कजाकिस्तान में आयोजित हो रहा है एशियाई कुश्ती की इक्कीस की चैंपियनशिप है महिलाओं ने चार स्वर्ण पदक जीते हैं एक रजत जीता है दो कांस्य पदक जीते हैं कुल सात पदक जीते हैं किस किसने जीता है दिव्या काकरान ने बहत्तर किलो में जीता है विनेश फोगट ने तिरपन किलो में जीता है अंशु मलिक ने सत्तावन किलो में जीता है सरिता मोर ने उनसठ किलो भार में जीता है ये चार स्वर्ण पदक हो गए और सरिता दिव्या और ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली वे दोनों भारत की खिलार, पहली खिलाड़ी बन गई है इस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं छठा जो सवाल हमने आपके लिए रखा है उस ये सवाल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें हमने अभी चर्चा की थी पिछले उसमें वन लाइनर क्वेश्चन में कि ब्रिटेन के, के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े को प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है तो इसमें वैसे तो ये चारों ही भगोड़े हैं और चारों ही देश को लूट करके बाहर चले गए हैं जिसमें एक नीरव मोदी हैं दूसरे महोल चौकसे हैं एक तीसरे ललित मोदी हैं और चौथे समीर मोदी हैं इसमें जो है सही जो उत्तर है उसमें जो नीरव मोदी इसका ए जो है ए इसका सही उत्तर है और इसके बारे में हमने इससे जुड़ी हुई जो दूसरी जानकारियां हैं वो भी आपके लिए लेकर के आए हैं ब्रिटेन के गृह मंत्रालय किसने इसकी मंजूरी दी ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने दी किसके बारे में दी? दी। क्यों दी प्रत्यार्पण की मंजूरी दी किसने भारत में उसको पर, परचो किया सीबीआई ने उसको परचो किया केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने उसको परचो किया इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने भी इसको प्रत्यर्पण के आदेश दिया था बैंक घोटाले में भारत के लिए वांछित है कौन से बैंक के लिए घोटाला है पीएनबी अदालत ने भारत सरकार के इस स्तर को स्वीकार कर लिया था कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत है और उन सबूतों के आधार पर ब्रिटेन की अदालत ने और फिर वहाँ की जो है गृह मंत्रालय ने उनको भारत को सौंपने की मंजूरी दी है अब हम देखते हैं कि वो कब भारत में आते हैं और उनकी कब तहकीत और उनकी जाँच अगला जो सवाल है जो हमने वनलाइनर में कवर किया था आपके लिए उसमें सातवां जो सवाल है वो सवाल उड़ीसा में जो रो रोपेक्स जे परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल है और इसमें जो है 110 करोड़ की लागत से एक परियोजना बन रही है योजना में जो है हमने चार ऑप्शन रखे हैं पहला नदी दूसरा ब्राह्मणी नदी तीसरा बुध बंगला नदी और चौथी है जो घामरा नदी तो इसमें जो सही जवाब जो है वो घामरा नदी है और ये जो घामरा नदी है ये उड़ीसा में है और इसमें 110 करोड़ रुपए की जो है रो, रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी इसके बनाने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने वाले यात्रियों को अभी तक छः घंटे लगते थे उसमें अब जो है जल मार्ग से ये एक घंटा लगेगा और मंत्रालय ने ये कहा कि रोपेक्स सिटी परियोजना में घामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तल्लुचा और घामरा तक की सड़क में जो है 200 किमी की दूरी को कम कम कर दिया जाएगा तो ये इसमें से जुड़ा हुआ और दूसरे जो है वो पहलू है। अब आप देखेंगे अगला जो सवाल जो हमने आठवां सवाल और आखिरी सवाल जो आपके लिए रखा है इसमें हमने विश्व आवाज़ दिवस को वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में आवाज़ का जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा है जो आवाज़ उठाता है उसी के ऊपर सारी चीज़ें चलती है तो इसके भी हमने एक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की जो बात हमारा संविधान कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये जो अभिव्यती की जो स्वतंत्रता है उसी से जुड़ा हुआ विश्व आवाज़ दिवस है वो कब कब मनाया जाता है और इसके लिए हमारे जो ऑप्शन हैं वो 12 मार्च 16 मार्च 21 जुलाई और 30 नवंबर इसमें से चारों में से जो है सही जवाब जो है 16 मार्च है और 16 मार्च का बी आपका सही उत्तर है और इससे जुड़े हुए जो दूसरी जो जानकारियाँ हैं ये विश्व जो आवास जो दिवस है वर्ल्ड वॉइस डे जो है वो सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने हेतु 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ये एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है मतलब ये एनअली होता है जो मानव आवाज की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है ये इसका उद्देश्य है इसका अगर उद्देश्य कहीं पूछा जाता है तो इसका जो ये उद्देश्य है इस मिशन का उद्देश्य आम लोगों वैज्ञानिकों इत्यादि के साथ आवाज के उत्साह को साझा करना है तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आगे हमने इसके जो अगले और अंतिम पढ़ाव में जो है कुछ सवाल ऐसे रखे हैं जिनके विकल्प नहीं है, बिना विकल्प के हैं क्योंकि आर एस जैसी एग्जाम में जो है वो छोटे सवाल पूछे जाते हैं जैसे 50 शब्दों में लिखिए 100 शब्दों में लिखिए पच्चीस शब्दों में लिखिए इस तरह के जो सवाल हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है उसमें विकल्प ना दे करके उसके जो सवालों को जो है उसके आंसर के साथ ताकि उसको संक्षेप में उसका आंसर हम दे सकते हैं जिसको कि ये एक आर एस की दृष्टि से आर एस की जो मेन जो एग्जाम है आर एस की जो मुख्य परीक्षा है आर एस मुख्य परीक्षा के लिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें हमने जो पहला सवाल जो रखा है उसमें रखा है कि किस देश ने पर्यावरण सती के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक को मसौदा तैयार किया है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इंटरनेशनल लेवल पे और इसमें जो है उसका जो फ्रांस और इसकी जो डिटेल है उसके बारे में हम आपको बताना चाहूँ नेशनल असम्बली ने इकोसाइड अपराध के निर्माण को मंजूरी दी है जो पर्यावरणीय सती के कृत्यों को दंडित करने का प्रयास करता है इस विधेयक को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सती के लिए सबसे गंभीर मामलों पर लागू किया जाएगा जैसे नदी का प्रदूषण पर्यावरण के खतरे में डालने वाले अपराध जीवन को खतरे में डालने वाले अपराध की तरह दंडनीय माना जाएगा जैसे हुमन जो लाइफ को जो थ्रेट करने वाले जो अपराध है ऐसे ही इन्होंने हुमन लाइफ के अकॉर्डिंग इक्वलेंट uh, जो है उसके समकक्ष जो है वो पर्यावरण को सती पहुंचाने वालों को भी अम, उ, उसके साथ रखा है एक और जो सवाल जो हमने रखा है उसमें मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है इसका जो है उत्तर जो है वो इंडियन जंपिंग आंट है ये एक तरह की चींटी होती है जो कि जिस पर वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च कर रहे हैं जिससे मानव का जो स्वास्थ्य है उससे जुड़े हुए कई सारे पहलू सामने आ, आ रहे हैं और आने वाले हैं इसमें वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि इंडियन जंपिंग आर्ड अपने शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करने के लिए अपने मस्तिष्क को लगभग 20 प्रतिशत तक कम कर सकती है अध्ययन के अनुसार ये चींटी अगले हफ्तों में फिर से अपने मस्तिष्क का आकार बढ़ा सकती है इंडियन जंपिंग आंट पहला ऐसा कीट है जो अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम है मधुमक्खी सहित अन्य कीट अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ा सकते हैं तो ये जो इंडियन जंपिंग आंट जो है एक तरह की जो चींटी है इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है ताकि आगे आ करके इसके जो प्रयोग है उससे मनुष्य के जो दिमाग से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ हैं और उनसे जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जा सके इसलिए ये सवाल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और, और दूसरे तरीके के जो प्रश्न हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है अगला जो सवाल जो हमारा जो है उसमें आप देखेंगे कि ये ग्यारहवा सवाल जो है और इसमें हमने किस संस्था ने डुरो की सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है डूरो सीरीज का जो पहला जो किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है इसमें हमारे आईआईटी हैदराबाद का नाम आता है और इसका के बारे में अगर दूसरी जानकारियों की अगर हम चर्चा करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने डो की सीरीज़ के नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद लॉन्च किया है इस स्वच्छता उत्पाद को आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने लॉन्च किया है जो कोविड 19 के वायरस के प्रसार से निमटने के लिए नवीन और लंबे समय तक चलने वाली तकनीकों के विकास के रूप में देखा जा सकता है और इस पे जो है कोरोना के ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें बहुत मदद मिलने की उम्मीद है और आखिरी जो सवाल आपके लिए हम जो ले के आए हैं उसमें बारहवा जो सवाल है उसमें सवाल है कौन सा देश भारत को एस फोर हंड्रेड ट्रम्फ एस ए ट्वेंटी वन ग्लोबियर की डिलीवरी करेगा ये जो सवाल है इसका जवाब तो वैसे रूस है और इसकी अगर हम और उसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो रूस भारत को एस फोर हंड्रेड ट्रम्फ एस ए ग्लोबर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मिसाइल सिस्टम है और ये जो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है उस वो और उसको देने के लिए रूस एग्री हुआ है राजी हुआ है और इसका पहला रेजिमेंटल सेंट जो है उसकी डिलीवरी करने जा रहा है भारत और रूस ने एस 400 सौ ट्राइम्स एस ए ग्लोवर के लिए पाँच बिलियन डॉलर का अनुबंध किया है ये प्रणाली भारतीय वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए और भारतीय रक्षा इंडियन डिफेंस के लिए बहुत अच्छा एक सौदा माना जा रहा है और इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आने की उम्मीद है इसमें जो भारत को जो धमकाने वाले जो देश हैं उनको भी उसमें एक डर महसूस होगा कि भारत के पास एस फोर जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो सोच समझ के ही अपने आगे की जो है रणनीतियाँ तैयार करेंगे आगे एक और लास्ट जो सवाल है उसको वही हमने जो जेटी परियोजना जो उड़ीसा की जहाजरानी परियोजना से जुड़ा हुआ है उसको रखा है ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है इस सवाल पे पहले हम सारी च, चर्चा कर चुके हैं पर फिर भी जो है ना इसको शॉर्ट जो आंसर्स है उसमें हमने शामिल किया है और उड़ीसा से इसका संबंध है जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि एक करोड़ की रोपेक्स जेटी परियोजना ओडिशा के गामरा नदी पर निर्मित की जाएगी और सागरमाला पहल के तहत रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी संबंध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र 50 करोड़ से अधिक की इसमें मंजूरी देगा ये आपके जो सवाल थे ये जो आपके जो जन, न, न, न, करंट जी के से जुड़े हुए जो, जो सवाल थे इन सवालों में उन्नीस तारीख और बीस तारीख उन्नीस अप्रैल और बीस अप्रैल से जुड़े हुए सवाल थे आज चूंकि 21 अप्रैल है और हम सेकेंड हाफ में ये प्रोग्राम आपके पास लेकर के आए हैं तो हमने 21 अप्रैल की दो जो महत्वपूर्ण जो समाचार है उसको अपडेट के रूप में आपके सामने लाए हैं और ये जो अपडेट में इसमें जो पहला जो तथ्य है वो ये है कि जो कोरोना की जो भयावहता जो देश में चल रही है उसमें पिछले चौबीस घंटों में दस नए केस आए हैं और ये साठ मौतें हुई हैं ये दस केस पर आवर के हैं अगर आप पूरे उसमें पिछले 24 घंटे के उसमें देखें तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए जो आंकड़े हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं और देश में रविवार को रोज प्रति घंटे लगभग 10,000 नए मामले आ रहे हैं 60 की मौत हो रही है और बीते 24 घंटों में करीब दो लोग संक्रमित हुए कोरोना से और इसमें लगभग एक, एक, स... एक लोगों की मौत हुई है जो एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है इसलिए मैं आपसे फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप कोरोना से दो गज की दूरी को मेंटेन करें मास्क लगाएं, हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, खुद भी बचें अपने परिजनों को भी बचाएं, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं, और ये लापरवाही का जो नतीजा है उसमें लॉकडाउन जैसी और कई जैसे दिल्ली ने पूर्ण लॉकडाउन कर दिया ऐसे महाराष्ट्र में चल रहा है हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान में भी ऐसा हो तो इस इससे बचने के लिए सावधानी बरतना सबसे जरूरी है और आखिरी एक जो तथ्य हम आपके सामने लाए हैं उसमें ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है कोरोना की वजह से ये आज का सबसे महत्वपूर्ण वो है कि ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो भारत में ना जाए और अगर भारत में हैं तो वो उनके लिए एक एस ओ जारी, जारी की है उनके लिए गाइडलाइन जारी की है और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है और अब भारत 10 दिन भारत में 10 दिन रहने के बाद ब्रिटेन में नहीं मिलेगी एंट्री और भारत से वापस लौटने के लिए ब्रिटिश के नागरिकों को 10 दिन तक जो है वो आइसोलेशन में रहना होगा ये आज के जो थे महत्वपूर्ण और सवाल थे महत्वपूर्ण खबरें थी जो हम आप तक लाएँ आप इस प्रोग्राम को आगे अब देखते रहिएगा ये आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए रोज़ लाया जाएगा धन्यवाद शुक्रिया